जय गुरु जी शुकराना गुरु जी गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राणा गुरु जी गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहे आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करती हैं।